कनपटी ऐसी गरम कर देंगे ऐसा गर्माहटपन हीटर में भी नहीं आने का और मारे नाम से इतना बुखार चढ़ जाएगा वो बुखार थर्मामीटर में भी नहीं आने का